मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग नहीं है आफ्टरनून होने वाला है और आज एक ब्लॉग अभी एंड किया हैं, तो अभी सबको दिखा देते हैं आपको सबसे मिलवा देते हैं। ये है निमित जिनके पास कोई काम नहीं है निमित कोई काम है कोई काम है कोई काम नहीं है अब चलते हैं नीचे सबसे मिलते हैं और कुछ काम है बड़ी मम्मी बुला रही थी तो कुछ काम है तो वो भी करके आते हैं और ये इनके पास भी कोई काम नहीं है ये भी बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं मैं मैं चल। ये देखिए क्या हालत बना दी है यहाँ का और चलते हैं नीचे कुछ कह रही हैं बड़ी मम्मी वो काम करके आते हैं इसके बाद और ये सब यहाँ है बड़ी मम्मी क्या बड़ी मम्मी नागपे सिन्दूर लगाना बिहार का रिचुअल और ये, ये रिचुअल है।, है।, है, है, हाँ। है और ये प्रसाद सब लोग खा लो ये लेके चलते हैं ऊपर तब कहा ऊपर लेके चलते हैं अच्छा तो ये पूरा लेके ऊपर चलते हैं ये इतना ऊपर लेके चलते हैं लेकिन ये ले जाते ले जाते मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी इसलिए मैं इसे पहले रख देती हूँ फिर मैं आपसे बात कर इस बच्चे को गौर से देखिए गौर से तो दिखाओगा इसको इस बच्चे को गौर से देखिए दिन भर ये भूत बना रहता है और दिन भर रोता रहता है ये क्यों रोते हो इतना क्यों रोते हो दूर करके देखो फ़ोन कहाँ रोता हूँ अरे देखे देखे थोड़ा शक्ल दिखाना कहाँ रोता हूँ दिखा दिखा सकल दिखा सकल दिखा सकल क्या करते रहता है मैं इसका खून खून पिऊंगा पूजा पूजा हैप्पी छठ रहते सोच के का बोला काट तो सोच के कालू का करे। <laughs> तो बड़े पापा अभी छठ घाट पर मैं जी का पूजा करता छठ घाट का भी पूजा पूजा करना चाहिए सूर्य सूर्य भगवान भगवान का। का अच्छा। अच्छा का का मैं डेली करता अच्छा। अच्छा ये छठ छठ है मनाया जाला। व्रत है और करण सूर्य पुत्र थे करण ने इसको चालू किया था आ जाओ आ जाओ कैमरे मेरे भाई कुछ तो कह दो अभी कुछ नहीं कह थोड़ा सा नहीं नहीं एकदम थोड़ा सा है ना ही बोला ला पे। अच्छा। तो अभी हो गया शाम का वक्त और मम्मी हमेशा की तरह चाय और आज मम्मी ये ग्रीन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मम्मा छठ पूजा का ब्लॉग मैंने डाल दिया सबको बोल दीजिए देख लेने को बोल द मम्मी हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आप लोग बहुत तो अच्छे से हुए करते देखेंगे ठीक है यस अब चलते हैं निम्मो और रियाज के पास ये सब इतने बदमाश हैं कि ये दोनों खुद अकेले खा रहे हैं बट मुझे नहीं दे रहे हैं गौर से देखें इन चेहरों को ब्लॉग में डालेंगे ये नहीं डालेंगे। बोलो क्या करने जा रहे हो? हेलो दोस्तों, दिवाली और हम जा रहा है। लगा में में हाँ जा ले मैंने आप ये मिला ये भैया। कौन सा होते दी अच्छा ये दिवाली के बाद ये किसका था अरे निमित थोड़ा इधर जला देखो पौधा है न हटो है एक बार फुटा याद बाद दिवाली मनाना का। हाँ निमित अलग ही अपना बीजी हैं ये अलग ही अपना बीजी हैं भैया अलग ही अपना बीजी है डर लगता देखो बुला के लाओ। ओ भाई। जा जा जा <coughs> तो बोलो क्या बोल रहे थे दोस्तों आज हम चार चार हैं हैं। हैं। को को एक साथ जला के ने एक एक साथ साथ साथ देखने वाले जलाते जलाते अभी रुक के इसके बाद गाइस मुझे बहुत ज़्यादा आज, आज, आज तो फीवर जैसा भी लग रहा रहा था और इनका कुछ अलग ही चल दिवाली के बाद दिवाली मनाने का अरे दोस्तों कुछ छटनु, कुछ पटाके थे इसीलिए हम लोग फोड़ रहे अच्छा नहीं जाएगा भैया भी नहीं जो बाप अरे तो उल्टा हो गया ओ शिट हट जल्दी निकल अंदर अंदर भैया इधर अंदर आ जाओ निकु मिनट अंदर अंदर चलो ओके हो गया उल्टा हो गया इधर अंदर आ अरे अब सॉरी आज से मैं अब ब्लॉक आज हमारा चैनल बंद होने वाला है चैनल बंद होने वाला है तुम चैनल में नहीं आओगे बोलो कि हम आज से नहीं आने वाले हैं बोलो। बोलो। बोलो आएगा क्यों नहीं? एक बाद ओए। ना वो तो तुम हो <laughs> था दिखा देना क्यूट से भूत का शकल ये हसके दिखाओ हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो बोलो बोलो बोलो बाय बोल दो बाय बाय बोलो तुम ये नहीं बोलेगा आपको हेलो बाय दोस्तों लिया फोन सुबह सुबह इसकी पार्टी हो रही है रिहा चला गया निमित तुम्हें कैसा लग रहा है निमित बहुत उदास है नहीं 네?